करना बोलो ना तो ओके फर्स्ट मीडियम मीडियम फोन ओके और वो वीडियो फोन कर रहा है देन आई कटिंग फाइन चॉप अनियन हम दिख रहा है ऑन रेड ब्राउन ओके को ब्राउन देन इट ओके टू रेड टू आई कमांड बहुत हो गया भाई बोलो हमारी मिर्ची ली ग्रीन के लिए हां वो भी ऐसे में yes, yes. में को मैं काट डालना मतलब तो तो है, करना है ना? हाँ, करना। और -माट़ -माट़ तो, तो, मतलब तो रहा मैं या कहना आप जैसा करिए डाल ये किया बन तो पनीर डाल रहे कसम डाल रहे इसका चैनल है ज्यादा मत तो नहीं सही पीस पीस है नो नो क्या है uh, नाम बोलो क्या है धनिया पाउडर उसको क्या बोलते हैं ऐसे कुछ नाम होता है हमें uh, तो तो क्या है है ये पनीर पनीर को तो स्मैश करके कराना पहले हाँ। तो इंग्लिश में दो लाइन बोल बोलिए उसके बाद हिंदी बोल रहा हूँ और तो मेरा जो नॉलेज है ना वो फिफ्टी फिफ्टी में आता है बात ये है ना कि सब वर्क की ऑल ओवर जो इंडिया का जितना भी लैंग्वेज है सब कुछ करेंगे बोल देता हूँ और मेरे पपा ऊंची लोनो घर लुधियाना नहीं है ना क्या लुधियाना नहीं है ना क्या मेरे घर नहीं तो क्या लुधियाना के लिए सुना सुना हरियाणा अच्छा हरियाणा मेरे पास में तो है लुधियाना लुधियाना लुधियाना का गाय होते हैं ना गाय लोग गाय होते हैं तो साइड जो गाय तो दूध देते हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा गो थोड़ा नमक सॉल्ट नमक मतलब नमक सॉल्ट लूना लूणा लूणा है बहुत काली को नहीं नहीं नहीं नहीं वो पहले से काफी दल के आता हूँ पनीर नहीं है उसको If you don't have smysher, then put on. That is ट desi, देश देसी टेक्निक okay. सिलभट्टा तो पता ही होगा ना सबको तो सबको पता है पूरी पूरा पूरा That is तो bare bare crocs हाँ yeah, okay okay बंद कर रहा हूँ हो गया ना बर पूरी खुशियाँ is already fresh work मानेश कुमार लो दे yes अपलोड करेगा उसके बाद आप थैंक्स थैंक्स